ये सारे दोस्त कुल्लू मनाली जा रहे हैं ये हमारे सचिन भाई ये नहीं जा रहे हैं <laughs> ये शाह ये तालिब भाई ये हमारे दानिश, दानिश दिल्ली पुलिस इमरान भाई गाली मतबल हमारे चलो भाई चलो भी, चलो चल दिया सारे भाई हम मनाली के लिए और ये भाई हमारे ड्राइवर साहब और मार लेंगे पूरी चला भाई ये ये पीछे बैठे गरीब ओए लड़का भी ना बता करो फुल बहुत ज्यादा रश है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ देखो वो पे तीन लोग बैठे हैं बीच में तालिब इधर नाइद और उधर से भी बैठा है हेलो गाइस, हम बैठे बैठे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ये जा रहे थे जो <laughs> अभी हमने ऑर्डर करा है थोड़ी देर में खाना आएगा नहीं दे रहे दे दे दे तो खाना नहीं दे रहे यार तो यार कुछ गरीब कुछ करो हमारा यार कुछ देना पड़ेगा गरीबो मिलेगा आपको गरीबो मिलेगा चलो खाना खाने के बाद मिलेंगे तुमसे तो हम यहाँ हरियाणा शिवा महा यादव ढाबे पर हैं और जब यहाँ से निकल निकलने सीधा उसके हिमाचल के लिए और इसके लिए इसके बाद कुल्लू कुल्लू से मनाली मना बहुत सुबह से भूखा है तो कुछ नहीं खाया बहुत बहुत तो यहाँ अम्बाला से 30 किलोमीटर दूर पहुँच चुके हैं सामला गांव में नाम पे जाओ ऐसे मजा सामला ऐसा जैसे इमरान और काला ऐसा तालीम और वो तीन लोग गए वो सालों को मुंह चेहरा हो जा रहा है बार बार अब बात तो के लगभग ठीक दो बज रहे हैं और हम यहाँ पे हिमाचल में एंट्री करने के बाद एक ये पता नहीं अननोन वैली के बाहर खड़े हैं और थोड़ी सी मेरी तबीयत ढीली और तो मैंने पीसीएम सी ली और शायद दानिश को भी जरूरत पड़ गई हाँ इमरान ने पीसीएम ली और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं साजन जी वो जरा बिजी हैं ये नहीं पता अंदर क्या चल रहा है अभी जाके देखेंगे हाँ दानिश ये हमारा करता धरता लेकिन कुछ नहीं कभी नहीं, नहीं नाम के, नाम और के ये अभी ये वाला जो रास्ता है इधर से हम राइट टर्न लेंगे और जो इसकी सुनसान वेलियम से निकलते हुए इंशाल्लाह सही सलामत पहुंचेंगे अपने ठिकाने पर ये दो बज बीस मिनट और जो हमारे ड्राइवर हैं साजन जी उन्होंने कहा कि भाई उन्हें थोड़ा रेस्ट चाहिए आगे लैंड स्लाइडिंग ज्यादा हो रही है क्योंकि रेन का सीजन चल रहा है और ये हिमाचल प्रदेश है तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपना इन्जॉयमेंट हो जाए बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है और जो स्पेशली जो हवा है वो शायद शायद हमने कभी अपने जीवन में सोची होगी ली तो कभी नहीं याद याद। और ये देखो मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा सा तो थोड़ा सा तो ये फैसला हुआ है लेकिन जो बंदर सा दिख रहा है कोई ज़्यादा फर्क नहीं बस इंसान से पैदा हुआ है बंदर ही ये हमारे खान साहब ये वैसा आलू है लेकिन दे रहा हूँ बस मैं ये क्या तो बताने की जरूरत तो नाती है <laughs> <laughs> <laughs> ये मेरा बचपन कह रही आज मैंने इसका बहुत बड़ा राज खोला क्या ये हमारा सेफी साहब भाई ये समझ में नहीं आता कौन सी ये लगता भी नहीं इस देश का भी है पता नहीं कहा थैंक यू टाइम हो रहा है सुबह के सात बज के चौदह मिनट और हम मनाली से जस्ट नब नाइन्टी टू 80 किलोमीटर दूर हैं और हमारा यहाँ पर छोटा सा ड्रॉप हुआ है ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा फ्रेश होंगे में ड्रॉप हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है बिल्कुल कैसा लग रहा है भाई आगे कैसा कैसा इन्वा अरे बस बस तो यही चाहिए और भाई और नहीं नहीं चाहिए। कुत्तों को भी भी हजम होता। देख नदी। नदी। नदी दिखा मैं दिखा नदी। से दो। इधर जगह बस। जो फिलहाल अब आपको दिखाने जा रहा हूं, शायद आपने मूवी में देखा हो। बहुत रिस्की यही वाला और उसी के साथ हम अब जब घर से निकले तो बारिश हो रही थी बारिश की वजह से हमें वेट करना पड़ा और हमारा जो था मनाली लोज मनाली से हम आए हैं जब लोज सुन विभाग फिर अब वन विभाग में है इस विभाग में कोई वन नहीं है सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है आप आप भी है है कुछ नहीं पैसा बिल्कुल बिल्कुल मैं मेरा दो तो दो। मानना है कि बिल्कुल यहाँ पे आने का कोई बेनिफिट है नहीं, तो नहीं। पचास रुपये का पे पे आपका टिकट है अटल बेस पर और अगर आप माइनर हो बिलो एट तो फिर आपको वो चार्ज लगेगा वो बीस रुपये लगेगा लेकिन बेनिफिट कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है सिवाय रेबिट का यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें तो ये मेन अपार्टमेंट है वन विभाग का बस यही एरिया है स्पेशली अगर आपके पास किड्स हैं तो वो तो एंजॉय कर लेंगे लेकिन आप बड़े नहीं कर पाओगे। गए हाँ। तो ये हमारा होटल है मनानी लॉज और ये जो हमें रूम अलॉट हुआ है एजेंसी की तरफ से तीन रूम है ये रूम है पता नहीं किसका है लेकिन, <laughs> लेकिन सारे सारे एक ही में पड़े हुए हैं ये इसका एग्जिटी ठीक है, है? है। कल हम निकलेगा रोहतांग टेम्पल रो और फिर वश टेम्पल और उसी के बाद शॉपिंग करते हुए कुल्लू में सीधा अपने घर पहुंच जाएंगे गुड मॉर्निंग बेहतरीन होंगी और दूसरे थे हमारा मनाली के अंदर अभी मॉर्निंग हुई है सुबह के लगभग सात बज रहे हैं और हम सब रेडी हो रहे हैं कीजिएगा सोलंग वैली के लिए तो आज दिन जो है जाने है। पहले हम सोलान वैली जाएंगे अटल देन, देन, देन जाएंगे उसके बाद कुल्लू जाएंगे बसेस जाएंगे और अगर टाइम लगा तो और भी जगह जाएंगे और बाकी अभी सभी लोग हमारा तैयार हो रहे हैं सभी भाई हमारे जैसे ये हमारे तालि भाई नहीं, सेट नहीं दिख रहा है। ये इतने और तो रखा है और शादी के लिए हमारे खाता भाई सब रेडी हो गए भाई थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है हमारी सोलह गैली के लिए उसके बाद बाद बाद हम हम जाएंगे जाएंगे पास। पास, ये पहले में। बाकी देखो ंग जायेंगे रोहतांग है देखो, रूम है मैं भी ठीक मिल ये गया यारियर कैमरे का रूम के बाहर का ये वगैरह हैं ये देखा, देखा देखा देखा दे। ये व्यूज़ देख पा रहे भी कितनी है अभी हम निकल चुके हैं रोहतांग के लिए और अभी हमारी गाड़ी जो है फिलिंग करवा रहे हैं हम पेट्रोल में ये हमारी फिलिंग हो रही है गाड़ी पुंड करा रहे हैं गाड़ी और चीज़ें ये हमारे हैं काम और और ये और ये तो और तर तर तर हाँ तो ये अरे हम भाई साहब हमारे ड्राइवर साहब हैं बहुत बढ़िया आदमी है सारे सारे ये दे देखो सारे तैयार है जाने के लिए नंबर नंबर नंबर वन, ये ये ये देखो, देखो, क्या तैयार हो हो गया। तो सेम रहा मैच। और बस अभी चल रहे है पेट्रोल की बारी पास घटाउने तर हप्टन आगेगा ये भाई साहब रात नहा लिए सब शनिवार बटे बार ये केवल कल दुबई ना आए बात तो कोई नहीं ना आए में से अभी आप सब ना गए हैं मैं ना है ये ना हम ना गए हैं भाई ये ना गए नहीं ये सारे मुंडों के आ गए हैं ऐसा करी ना भी ले तो फिर ना आया ऐसा लगता है व्यू है देख लो कितार व्यू है आएगा और अभी कटिंग देखना पाएगी इसीलिए दिखाओ ये सोलह रुपये दी है ये जो आप देख रहे हो ना ये ये वाले जो है ये सोलह रुपये की बाढ़ यहाँ पर बर्फर फूलती है जिसम से आपको बर्फ़ मिलेगी पर तभी आओ तो इस वाले कही जान कही ना कहीं जान ये हम तैयार क्या बोलते हैं और यहाँ पर हमारा भाई तालिक की क्या फीलिंग है तालिक बहुत ज्यादा टेंस लग रहा है रानी तैयार है ये भी शान भाई तैयार हो रहे फुल रेडी चंद को तो तक कत्ता जहर ये भाई तैयार रेडी है दोनों को चलो भाई शुरू कर दो भेज दो वापसी भी आएंगे क्या उधर ही बस Yay yeah! बादल जो ऊपर से हमें बादल लगते हैं देखने में क्या है, तो तो है। बादलों बादलों में में हैं घूम ले बेटा ये सारे भाई रुक जा ठोक मत देख काफी ठंड है यारुड मच बेटर This This is is we call cloud. This is the दिस इज रिकॉल क्लाउड दिस इज द्लाउड बट इट लुक्स लाइक ये हम रोहतांग में हैं इस समय और हमारे आगे आगे शादा भाई नेचुरल के मजे लेते हुए भाग के जा रहे हैं और पीछे पीछे हमें भगा रहे थका रहे हैं और वो हमारे और बाकी के साथ ही और ये देख सकते हो यहाँ की वादियाँ ये साले दो सूअर हैं बिल्कुल ही जो अपने पीछे पीछे मुझे मोबाइल पकड़ा के वीडियो बनवा रहे हैं अपनी और पीछे और मुझे पीछे पीछे भगा रहे है दो सूवर हैं दो सूबर रहेंगे साले आप आप देख सकते हैं बिल्कुल ही वो वहाँ पे बर्फ में जा रहे हैं और उनके पीछे पीछे मैं जा रही हूँ लिट्रली वीडियो वेरी ब्यूटिफुल बहुत खूबसूरत वीडियो आ रही तो नहीं गुड मॉर्निंग आई गुड मॉर्निंग रात के लगभग लगभग आपका एक चवालीस हो रहे हैं और हम धावे पे रुके हैं रात में भाई पूरी रात के जगह हमने सोचा जैसे एक कप चाय पी ली जाए खालिफ भाई हैं बस यही जाग रहे हैं अभी हाँ। बाकी सब कार के अंदर सो रहे हैं भाई टेढ़े मेढ़े होके बाहर निकल के थोड़ा हवा खाने और ये हमारे इमरान भाई हैं इनको तो आप जानते ही हो इमरान भाई इन पहाड़ों ने रेट की हमारी भाई पाँच बजे से गाड़ी जल्दी है हमारी नॉन स्टॉप सही रुकी नहीं है तब जाके अभी दो साढ़े दो ढाई बज रहे हैं अब जाके अभी यहाँ पहुँचे एक बार तो मंदिर दिखाता हूँ मैं क्या चल रहा है इनका ये देखो, क्या सोए पड़े हैं थाले